रुक रुक ऑटोम रुक जा रुक ऑटोम रुक रुक जा जा मेरे को कवर दो जा डक जा उसके साथ मेरे को कवर दो ऑटोम मारूंगा रुक जा जा चलो चलो चलो अबे नीचे, नीचे अबे शाक शाक है वो नीचे चेक मैं चेक मैं चेक मैं चेक चेक मैं चेक मैं चेक को दिया देखा देखा रुक रुक रुक रुक चौक भाई, भाई। बाहर गया। अबे गाड़ी में। रिकॉल तो बोलते